मैं तुम्हें एक नया आदेश आदेश जैसा मैंने तुम प्रेम किया तुम प्रेम ही तुम भी एक दूसरे ऐसी प्रेम करो मैं तुम्हें एक नया आदेश आदेश जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो मैं तुम्हें एक नया आदेश देता आदेश जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो मैं तुम्हें एक नया आदेश देता आदेश जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया प्रेम ही तुम भी एक दूसरे ऐसी